दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं जीबी व्हाट्सएप के बारे में ये बहुत सारी फीचर्स देती है जो नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं देती है समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो क्या मेटा कंपनी ये फीचर्स देने में असमर्थ है दौप दौप दौप! में तो थो थो! जो फीचर्स मेटा कंपनी के हाई प्रोफाइल इंप्लॉइज नहीं दे पाती है वो दो चार लोग मिलकर जीबी व्हाट्सएप में डाल देते हैं इनमें जो पहले नंबर पे आती है वो है वॉइस चेंजर इसमें आप तरह तरह के आवाज चेंज कर सकते हैं जैसे लड़की की आवाज समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो भारी भरकम पहलवान की आवाज बच्चे और रोबोट एवं पिक्कर इंसान की भी आवाज आप निकाल सकते हैं कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं क्या जरूरत है भाई आप अपने रियल वॉइस में बोलो ना उससे जो एक इमेज बनती है अब भाई ने बोला है Allah, माफ करे बहुत लग रहे मत हो मत दूसरा है आपको पता होगा की नॉर्मल व्हाट्सएप में आप अगर मिस्टेक से कुछ भेज देते हैं उसे आप सात मिनट के अंदर अंदर डिलीट इव रिवन मार सकते हैं सात मिनट काफी हो तैयार किसी भी मिस्टेक को पकड़ने के लिए लेकिन आप जीबी व्हाट्सएप में इसे घंटे दो घंटे चार या फिर वन एक दिन तक आप डिलीवरी मार सकते हैं ये लोकेशन के साथ भी छेड़छाड़ करती है आपका लोकेशन किसी और को भी सेंड कर सकती है जो नॉर्मल व्हाट्सअप नहीं कर सकती है अगर नॉर्मल व्हाट्सअप ये किया तो मेटा कंपनी को आज के आज कंपनी को बंद करनी होगी इसीलिए मेटा कंपनी इस तरह की धोखाधड़ी नहीं कर सकती है ये बड़ी अच्छी बात कही आप इसकी अगली जो फीचर है वो मुझे भी काफी अच्छी लगती है चल झूठा। यार इसका थीम चेंज करना यार नॉर्मल व्हाट्सएप की ये हरा हरा थीम देखकर पक चुके हैं। बोर हो गए हैं। मेटा कंपनी को भी व्हाट्सएप में अलग अलग तरह के थीम दे देना चाहिए इसके बारे में आप भी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए मैं नहीं बताऊंगा अगली फीचर है आप जिस जिस प्राणी से चैट किए हैं उसके आगे एक आईकॉन बन जाएगा वो जब भी ऑनलाइन आएगा आपको पता चलेगा आपको हमेशा पता होगा कि वो कब ऑनलाइन आता है और कब ऑफलाइन जाता है दोस्तों अगर आप ही हो यह आपके प्राइवेट कॉन्टेक्ट प्राइवेट फोटो खासकर वो फोटो जो आपने उस फाइल में हाइड करके रखा हुआ है उसको लीक कर सकती है जिसके लीक होने से आपका भवंडर हो सकता है खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कीजिए उसमें इंक्रिप्शन इन होता है और इस जीबी के साथ शेयर किया जा रहा है किस वेबसाइट पर मिलती है इसको कोई पता नहीं क्या पता यह कब आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को चोरी कर दे कॉन्टैक्ट प्राइवेट फोटो डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके डार्क वेपर बेच दे और आपके फोन में गूगल पे और फोन पे तो इंस्टॉल ही होगा ये उसके साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है ये उसकी डिटेल्स भी लिख कर सकती है तो, तेरे को था। तो, तो राम निकला देव निकला दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल लाइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले